तो हेलो गाइस वेलकम टू बैक एनदर न्यू वीडियो तो आज वन सेकेंड मैं कमीशन वर्क ड्रा कर रहा हूँ एंड ये एक फॉरेनर का कमीशन वर्क है दुबई का तो पेपर का जो साइज़ है वो है ए साइज एंड जो रेफरेंस मैं देख के ड्रा कर रहा हूँ वही ये वाला तो इसका जस्ट मैं अभी मेल फेस जस्ट कम्प्लीट किया हूँ एंड अभी फीमेल फेस को ड्रा करूँगा तो मैंने सोचा आधा तो कम्प्लीट हो गया है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आधा ये ड्राॅइंग दिखाऊँ तो देखते हैं ऐट द एंड ऑफ द रिजल्ट कैसा फाइनल फॉर्म होता है तो मैं इज वेरी वेरी एक्साइटेड देखते हैं कैसा होता है तो गाइस आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखना आई होप लाइक एनी जो इट्स वीडियो तो लेट्स गेट स्टार्ट तो गाइस फाइनली हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है आई होप मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है एंड आप लोग भी जरूर अपना ओपिनियन देना कैसा लगा ये ड्राइंग एंड अगर अच्छा लगा एंड चैनल पर अगर न्यू आए हो तो ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को अभी ऐसे सब्सक्राइब कर देना एंड फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना सो गाइज आजकल इतना ही है मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग